मुंबई में कोई पुलिस वाला नहीं है नजर उठा के आप उनके साथ बात कर सके मुंबई पे राज करता हो राज क्या अरे पकड़ने की बात छोड़ आप उनको कोई टक भी नहीं कर सकता समझे <laughs> ये ये देख असली असली